आई फ्रेंड्स हिंदी एक्सप्लेनरी प्रेजेंटेड बाय गोल्ड मूवी के स्टार्ट में अमित मालगाड़ी को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही होती है दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में कहत आ था और खाने पीने की किल्लत की वजह से बहुत कम लोग ही सर्वाइव कर पाए थे मालगाड़ी जाकर एक स्टेशन पर रुक जाती है जिसमें से एक आदमी नीचे उतरता है और इस आदमी का नाम वर्जिल होता है वर्जिल वहां से पैदल ही कुछ दूर जाता है जहां उसे एक आदमी से मिलना था वर्जिल उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे कंपाउंड जाना है लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता अब यहां पर वर्जिल को टॉयलेट लगता है लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है वो देखता है बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसका टैक्सी ड्राइवर कैथ टैक्सी लेकर उसके पास पहुंच जाता है वर्जिल उसके साथ बैठकर कर वहां से निकल जाता है कैथ उसे कहता है कि तुम्हें टैक्सी के किराए के अलावा गैस और पानी के पैसे भी देने होंगे अब वर्जिल के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वो एग्री हो जाता है कैथ उसे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ सकता हूँ वर्जिल कुछ नहीं कहता और कैथ की बात मानकर चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है अभी वो कुछ ही दूर जाते हैं तो वर्जिल को गर्मी लगती है और वो गाड़ी का एसी ऑन कर देता है तो कैद उसे मना करता है और तुरंत ही गाड़ी का ए बंद कर देता है कैथ उसे बताता है अगर हम एसी चालू करेंगे तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा वो लगातार सफर कर रहे थे लेकिन अभी भी उन्हें बहुत दूर जाना था तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो कैथ वहा खड़ा होकर सिगरेट पीना शुरू कर देता है और वर्जिल गाड़ी का टायर चेंज करता है टायर चेंज करते हुए वर्जिल देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं और एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को घायल कर दिया है वर्जिल को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जाकर एक कुत्ते को भगा देता है अब जो कुत्ता घायल हो चुका था उसको एक पत्थर से मार देता है अब कैद को ये देखकर कर बहुत अजीब लगता है और वो डर जाता है क्योंकि गाड़ी का टायर चेंज हो चुका था इसलिए वो एक बार फिर से से अपना सफर हैं। सफर शुरू करते करते करते हैं उन्हें सुबह रात हो जाती है है अपनी गाड़ी में गैस भरता है। और फिर वो दोनों एक जगह पर रात बिताने का सोचते हैं फिर वो लकड़िया इकट्ठी करके वहां पर आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं मौसम तो गर्मी का था लेकिन जंगली कुत्तों की वजह से उसके पास बैठ जाते हैं अब वो जहाँ पर बैठे होते हैं तो कैथ वर्जिल से कहता कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हें मेरे निशान से क्या लेना देना है कैद कहता है तुम तो बुरा मान गए मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था फिर कैथ उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वर्जिल कहता है मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है तो कैथ कहता है मेरी भी कोई फैमिली नहीं है तुम जाना हो? तो वर्जिल को एक तस्वीर दिखाता है। वो फोटो कम्पाउंड का होता है वर्जिल कैथ को बताता कि है मुझे द कम्पाउंड में काम करने का मौका मिला है क्योंकि वो पहले भी वहाँ पर काम कर चुका होता है वो कहता है इसलिए मैं वहां तक जाना चाहता हूँ तभी कैथ उसको बताता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है वो लोग लोगों से दिन रात काम करवाते हैं और उजरत के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं देते और तुम जैसे कामोश लोगों को तो वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं तो वर्जिल उससे कहता है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सीन चेंज होता है रात से सुबह हो जाती है और वो लोग एक बार फिर से अपने सफ़र का आगाज करते हैं लेकिन अब गाड़ी क़ैद की बजाय वर्जिन चला रहा होता है कैद क्योंकि सोयाबह होता है इसलिए वर्जिल चुपके से एसी ऑन कर देता है जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है क़ैद की जैसे ही आँख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वर्जिल पर चिल्लाने लगता है वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि एसी ऑन मत करना वरना इंजन गर्म हो जाएगा तो वर्जिल उससे माफी मांग लेता है अब यहां पर वर्जिल को टॉयलेट लगता है तो वहां पर उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है वो उस पर से मट्टी हटाकर उसे देखता है तो पता चलता है के वो सोना है तभी पीछे से कैद उसको आवाज़ देता है अब यहाँ पर वर्जिल ना चाहते हुए भी कैद को अपने पास बुला लेता है कैद जब उसको देखता है तो कहता है रुको मैं इसे चेक करके देखता हूँ फिर वो कैस लाइटर के जरिए उसे चेक करता है कि वो सोना है भी या नहीं तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वाकई में सोना है फिर वो दोनों उसकी खुदाई करते हैं और सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो सोने की एक बहुत बड़ी चटान थी फिर वो गाड़ी की मदद से भी उसे बाहर निकालते हैं लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता उन्हें खुदाई करते करते रात हो जाती है तो कैथ और वर्जिल रात बिताने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं तो कैद उसे कहता है तुम यहाँ सुरक्षित रहना मैं शहर जाता हूँ लेकिन मुझे जाने और आने में काफी समय लगेगा हम इस सोने को अकेले नहीं निकाल सकते इसलिए मैं शहर से मशीनरी लेकर आता हूँ और तुम यहाँ सोने की हिफाजत करो और इसके साथ ही कैट वहाँ से चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो लोग थोड़ी देर गोल्ड की खुशी मनाते हैं और उसके साथ ही कैट चला जाता है अब कैद जाने से पहले वर्जिल को एक बोतल पानी थोड़ा सा खाना एक चाकू और एक फोन देता है जैसे ही कैद चला जाता है तो वर्जिल रेत की मदद से सोने को ढक देता है और इस तरह उसका एक दिन बहुत ही आराम से गुजर जाता है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है तो वर्जिल को कैद का फोन आता है लेकिन वो फ्रेश हो रहा था इसलिए वो कैद की कॉल को नहीं ले पाता अब यहाँ पर सुबह के टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि तापमान बढ़ जाता है लेकिन वर्जिल गोल्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार था अब छांव की तलाश में वर्जिल थोड़ा आगे जाता है तो उसे टेले के दूसरी तरफ एक क्रैश हुआ हुआ प्लेन नजर आता है तो वर्जिल उस प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाता है लेकिन कुछ ही देर बैठने के बाद उसे बेचैनी होने लगती है और वो सोने के बारे में सोचने लगता है इसलिए वो प्लेन के कुछ पार्ट्स तोड़कर वापस सोने के पास आ जाता है और अपने लिए छाया बनाता है लेकिन इस धूप और गर्मी की वजह से उसका शरीर जल जाता है लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और फिर वो अपने शेल्टर में आकर सो जाता है और इस तरह एक और दिन कट जाता है फिर वो हिम्मत करके पत्थरों की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है तभी उसे कैद का कॉल आता है तो वो बहुत ही खुश होकर कैद को बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है कैद उससे कहता है तुम उस टुकड़े के बारे में मत सोचो हमें वो सारा निकालना है साथ ही वो उसे बताता है कि मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है और मैं अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा हूँ लेकिन वो कहता है मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। अब फिर से रात हो जाती है तो वर्जिल को जंगली कुत्तों की आवाज़ सुनाई देती है वो आग की मदद से रोशनी करके इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता वो बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन आखिरकार ये रात भी बीत जाती है अगले दिन सुबह उसे एक सांप दिखाई देता है जो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था वर्जिल को एक तरकीब सूझती है वो सोचता है मैं इस सांप को पकड़कर मार दूंगा और फिर इसे पकाकर खा लूँगा लेकिन वो जैसे ही सांप पर अटैक करता है तो सांप भाग जाता है और उसकी इस कोशिश में उसका पानी गिर जाता है और इस वजह से अब वर्जिल के पास खाना और पानी ख़त्म हो जाता है अगले दिन वो फिर से उस प्लेन के पास जाता है जहाँ उसे दूर से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है तो वो प्लेन के अंदर बैठ जाता है वो लड़की जैसे ही उसके पास आती है वो उसे बताती है यहां से किलोमीटर दूर पानी है। तुम चाहो तो वहां जा सकते हो फिर वो लड़की उसे पानी और स्नेक्स देती है लेकिन वर्जिल कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपना काम करता रहता है अब वो लड़की वहां से चल पड़ती है और वर्जिल की झोंपड़ी की तरफ बढ़ जाती है वो वर्जिल से कहती है मैंने तुम्हारी रुकने की जगह देखी है मैं सोच रही हूँ आज रात मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊँ तो वर्जिल उसे मना कर देता है और कहता है तुम इस प्लेन में रुक सकती हो अब उस लड़की को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उससे कहती है तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो वर्जिल कहता है नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा इस बीच वर्जिल की हालत ख़राब होने लगती है तो वो उससे कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए वर्जिल कहता है मैं ठीक हूँ तो वो लड़की उसे चिढ़ाने के लिए उसका झोंपड़ा तोड़ने लगती है जिस पर वर्जिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोई चीज उठाकर लड़की के सर में दे मारता है जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है फिर वर्जिल एक गड्ढा खोदता है और उस लड़की को उसमें दबा देता है और उसके दिए हुए स्नेक्स खाता है अभी उसे उस लड़की को दफनाए हुए कुछ ही देर होती है कि एक जंगली कुत्ता आकर उस जगह को को को खोदने लगता है है तो वर्जिल उस उस उस कुत्ते भगा देता है। और खुद उस लड़की गड्ढे में से निकाल लेता है और फिर उसको जलाने का सोचता है फिर वर्जिल सारा दिन लकड़िया इकट्ठी करता है अब यहाँ पर वर्जिल बहुत ज्यादा थक चुका था और दूसरी तरफ जंगली कुत्ते भी वहाँ पर आ गए थे लेकिन गोल्ड के लालच में वो इस चीज़ का डट कर मुकाबला करता है और रात में लाश को जलाकर सुकून से सो जाता है और इस तरह ये दिन भी पीत जाता है अगले दिन सुबह उसे कैद की कॉल आती है कैद उससे कहता है मुझे एक्सीटर मिल चुका है तुम हिम्मत बनाए रखना मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा और फिर हम दोनों मारा हो जाएंगे वर्जिल जैसे ही कैद से बात करके फ्री होता है तो उसे अपनी तरफ एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है अब यहाँ पर वर्जिल के पास एक खूबसूरत मौका था कि वो सोने के टुकड़े को लेकर ट्रक में बैठकर चला जाता और एक खूबसूरत जिंदगी बसर करता लेकिन उसके अंदर के लालच और हवस ने उसे वहाँ से एक इंच भी हिलने ना दिया इस तरह एक और दिन भी कट जाता है और शाम में वर्जिल कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है तभी उसे एक तूफान आने का अंदेशा होता है तो वो तुरंत ही अपने शेल्टर में चला जाता है और पानी की केन को जोर से पकड़ लेता है लेकिन तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा थी तूफान उसके शेल्टर को और पानी की बोतल को उड़ा ले जाता है सीन चेंज होता है और हमें डायरेक्ट सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम वर्जिल को देखते हैं जो रेत में आधा दफन हो चुका था और साथ ही एक लकड़ी का टुकड़ा उसके भीतर घुस गया था उसका सारा पानी और खाना बर्बाद हो गया था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो रेंगता रेंगता आखिरकार सोने की चट्टान पर जाकर लेट जाता है अब उसके लिए ये समय बहुत ही कठिन था लेकिन सोने को देखकर उसे कुछ आराम महसूस होता है और फिर वो अपनी सारी हिम्मत लगाकर वो लकड़ी का डंडा अपने भीतर से बाहर निकालता है फिर हमें दिखाया जाता है कि वर्जिल दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे एक नाइट आता है उसे वो लड़की दिखाई देती है जिसको उसने मार डाला था तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है अब वर्जिल को हर जगह पर वही लड़की दिखाई देती है। है, कैथ उससे कहता है, मैं तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला हूं। तुम बस थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखो तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो वर्जिल को पानी देती है लेकिन वर्जिल पानी लेने से मना कर देता है तभी वो उससे पूछती है कल मेरी बहन यहाँ से गुजरी थी क्या तुमने उसे देखा है तो वर्जिल मना कर देता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है फिर दिन गुजर जाता है और शाम हो जाती है वर्जिल सुबह से बेहोश पड़ा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ किसी ने आग लगाई हुई होती है क्या तुझे बताता है कि मैं बस पहुँच ही चुका हूँ और मैं तुम्हें देख सकता हूँ तभी दूसरी तरफ वर्जिल के पास जंगली कुत्ते आ जाते हैं हमें बताया जाता है है। कि कैथ पर पहुंच चुका होता है। वो दूर खड़ा होकर वर्जिल को कुत्तों का खाना बनते हुए देखता रहता है। और ये आग भी उसी ने लगाई थी ताकि जंगली कुत्ते आकर वर्जिल को खा जाएं और वो अकेला ही सारे सोने का मालिक बन जाए वर्जिल कैद को फोन करता है और कहता है मेरी जान बचाओ मैंने गोल्ड की बहुत हिफाजत की है अब तुम्हारी बारी है लेकिन कैथ उसे कोई जवाब नहीं देता फिर जब वर्जिल मर जाता है तो कैथ वहां पर आ जाता है और वर्जिल की लाश को देखता है फिर वो सोना निकालने के लिए जैसे ही एक्सीटर को ऑन करता है तो उसे दूर से एक तीर आकर लगता है जिसने तीर मारा था दरअसल ये वही लड़की थी जिसकी बहन मारी गई थी और इस तरह वो लड़की इस सोने की मालिक बन जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों इससे हमें ये सबक मिलता है हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए अब यहाँ वर्जिल के पास सोने के एक टुकड़े के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका था और दूसरी तरफ कैद के पास आधा सोने का मालिक बनकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका था लेकिन उन दोनों के लालच और हवस ने उन दोनों की जान ले ली